हो सब घर में ठीक है ना पर पूजा मेरा ठीक है ना पर तो आज का हमारा टॉपिक है बढ़ती महंगाई ऊपर से रिचार्ज की बढ़ाई इस जियो कंपनी ने मुझको तो इतना परेशान कर दिया इतना परेशान कर दिया मैं क्या बताऊ आपको ये बात हंसने की नहीं है हंसो तुम्हारी मर्जी हंसो हसो ये बात हंसने की नहीं है ये बात रोने की है क्योंकि अब रिचार्ज का वैल्यू बढ़ गया है मैं तुम लोगों को समझाता हूँ देखो ध्यान से सुनो मेरी बात इधर देखो तुम इधर देखो हाँ पैसे बढ़ गए यार पहले जो ग्यारह रुपये का रिचार्ज था अब पंद्रह रुपये का हो गया है जो पहले डेढ़ का था वो अब का जो दो का था वो ढाई का और जो पास तो पास होगा तो तो समझ समझ समझ समझ रहे रहे रहे रहे हो हो हो हो ना हाँ, समझ समझ रहूं। समझ रहूं ना तो ये प्रॉब्लम का क्या होता कल ना मैं होटल में बैठा था मेरा एक दोस्त था मेरे साथ हाँ? मैं होटल में बैठा था और मेरा एक दोस्त है मेरे साथ उसका रिचार्ज खत्म हो गया था तो उसने कहा रिचार्ज कर लेते हैं रिचार्ज नहीं है रिचार्ज रिचार्ज हाँ कुछ नहीं YouTube लेते हैं मेरी वीडियो देख लेंगे इस नो, नो, नो, उसको वो नहीं नहीं। तो उसको लिया कि रि यूब छते हाथ कर बोला इतना महंगा रि क्या करेगा मैंने ऐसा क्यों तो वो बोला आरत का चक्कर बात करते उनके लिए स्पेशली रिचार्ज बढ़ाया गया है मजबूर कर दिया मजबूर इसलिए हम रिचार्ज करवाते मैंने क्या क्या हुआ होटल में हम दोनों बैठ रहे थे हमारी बातचीत चालू थी उतनी में ही एक बुरा इंसान भीड़ भी रहा था और कर रहा था कर रहा, था। कर रहा।, बोला। कर रहा था। उसको मजा कर रहा है वो बुड़ा, वो बुड़ा इंसान हमारे पास आके बोला और बोला अरे बेटा सुनते हो सुन हो हमारी बात मुझे एक फोन लगा के दो ऐसा बोला तुम्हें तो क्या बोला ठीक है इधर 200 का हो गया, का 200 हो गया 500 तो <laughs> बोल नहीं रहा उसको अटैक नहीं कर रहा लेकिन बोला तो हम गरीब लोग क्या करेंगे यार हाँ ये क्या बोल रहा है ये उस दिन मैंने यही शर्ट पहनी हुई थी और आज भी मैंने यही शर्ट पहनी है तो ये हंस रहा है क्या करे हम गरीब लोग हैं हमको यही शर्ट पहनी पड़ती है ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ साहब मैं तो बेरोजगार हूँ हंसने की बात हमको हम, हम लोग गरीब लोगों का एक शेडूल रहता है क्या रहता है आज ये मैंने शर्ट पहनी है तो कल दूसरी पहनूँगा परसों भी तीसरी पहनूंगा लेकिन उसके बाद जो दिन वो हम यही शर्ट पहनेंगे वो धुने में जाती है और हम यही यही में, में हैं। हम ये हमारा गरीब गरीब लोगों लोगों का मैनेजमेंट किसी की से से सीखो तुम ऐसा एक ऐसा एक शेड्यूल बनाया क्या नहीं कपड़ा फटा हुआ है लेकिन ठीक ठाक हम गरीब लोगों के साथ क्या करें आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि आपको अच्छा से कैसे का का का कैसे? कैसे कैसे ये इसने? हाँ? हाँ? इसने हमको हमको हमको को मारो, मारो, मारो, मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है <laughs> हमको ये खिलोला समझाई उन्होंने आजकल तो सभी लोग जियो के मोबाइल देते हैं की सिम हैं का चल रहा है तो तो सोचा होगा ने चलो इनको तो पहले दे दी और इनको अब अपने काबू पे करते हैं। हजर, को, जब हजर में होगा तो अभी कुछ मारते, मारते, मारते रहेंगे और लुटता रहेगा लुटता रहेगा जज्बात बदल दी है नहीं नहीं नहीं ये ये ये मजाक मजाक हो हो हो रहा है, एक यार, हो रहा है नहीं, ये हम पे है है क्या हम पे करने कब समझेगा यार यार इनको अब तो कोई भी कह सकता कि फाइनली आज मेरा रुपी का है। यार, रुपी का, तो का खत्म गया अम्बारी ने सब लोगों को लुटा लगाया अम्बारी ने स्टार्टिंग पहले अपने जियो सिम को दे दिया पुकर दे दिया, ना जोसी में हाँ। पहले क्या किया, पहले फुकट दे दिया उसके बाद उसने तीन सौ रुपये हम, हम गरीब लोगों को लूटते है ये लोग लो। <laughs> <laughs> कुछ नहीं बोलूंगा मेरी शिकायत यही है कि वो दो का ढाई सौ में कर दिया और पासो का पासो कर दिया इस सज्जन को क्या क्या तकलीफ तकलीफ तकलीफ है है भाई है इनको आप करें करें रिचार्ज मेरी कोई नहीं अगर वीडियो तो वीडियो तो को लाइक करें शेयर करें नहीं <laughs> कमेंट करें और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कैमरा लाइट्स ऑफ एंड स्टार्ट